आपका स्वागत है दोस्तों आप सब कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों और भाई बहुत सारे मेरे जितने भी YouTube के जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं उनका एक सवाल था भाई अपना जो केट हम जो ले रहे हैं वो क्या क्या काम करता है क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं रीडरेट करते हुए तो उनको थोड़ा क्या समझ में आया नहीं होगा या पता नहीं तो मैं अभी इसके बारे में पूरा डिटेल से आज इन शुनि शुरू समझाने के लिए और केटेक में कौन कौन सा क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलेंगे ये सारा का सारा आज पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में केटेक को कैसे इंस्टॉल करते वो भी मैं आपको बताऊँगा आज हम सिर्फ़ और सिर्फ केटेक के अंदर कौन से कौन से एक्सेसरीज आएँगे क्या क्या इसके अंदर आएँगे और किस लिए हम के को लेना चाहिए ये आपको हम बता देता हूँ देखो आपको मान लो आपके पास ये ब्लोरो का ई सी एम है ठीक है महिंद्रा सत्रह का ई सी एम है ये वाला आपको ई सी एम लगेगा एक्सी वी फाइव हंड्रेड में ठीक है एक्सी फाइव हंड्रेड में ये वाला ई सी एम लगेगा और यही वाला ई सी एम आपको ब्लोरो में लगेगा और जेलो में लगेगा ठीक है आपके पास ये वाला ई सी एम पड़ा है सत्रह तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जेलो का उठा के जेलो का उठा के बलोरो में लगा सकते हैं ब्लोरो का उठा के आपको जेलो में लगा सकते हैं एक्सीबी का उठा के जेलो में लगा सकते हैं ठीक है आप आपस में चेंज कर सकते हैं परंत इतना होना चाहिए ये फोर्थ सिलेंडर का है तो आप फोर्थ सिलेंडर में लगा सकते हैं टू सिलेंडर का ई है तो टू सिलेंडर में आपस में चेंज कर सकते हैं और यही वाला ईसीएम आप महिंद्रा में टाटा में लगा सकते हैं टाटा का ईसीएम उठा महिंद्रा में लगा सकते हैं कुछ कॉम्पोनेट को चेंज करना पड़ेगा वो तो आपको अपने वीडियो बहुत सारे पड़े हैं कैसे काउंपोन चेंज करते हैं और फोर सिलेंडर को टू सिलेंडर कैसे बनाते हैं और टू सिलेंडर को फोर सिलेंडर कैसे बनाते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियो में बना के डाला दलाऊँ वो तो आप देख सकते हैं और महि टाटा का ई सी एम उठाए के महिंद्रा में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं बहुत सारे वीडियो बना के दलाऊँ और दूसरी बात तो इसका मतलब क्या है आपको ई सी एम लेवल का कोई भी आप मॉडिफिकेशन करना है अभी मान के चलो आपको इसमें कोई दिक्कत आ आपको इमोव हाउ करना है तो आपके पास इसका डेटा है तो डाल के इमो आप हाँ कर सकते हैं बाईपास कर सकते हैं बिना इमो करके गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आपको स्पीड अनलॉक करनी है तो भी आप इसके अंदर हो जाएगा और मान के चलो कोई ई का कोड बन रहा है तो भी आप उसका फाइल औरिजिनल फाइल रीड करके आपके हिसाब से जो आपको चाहे वो आप बंद करके आप इसके अंदर फाइल डालेंगे तो वो डी नहीं आएगी कुछ भी नहीं आएगा ठीक है ये ऐसा होता है और दूसरा और एक नहीं इसे हम पकड़ाऊँ मैगनेट मरेली का ठीक है के अंदर कुछ इमो हाफ करना है या कोई स्पीड अनलॉक करनी है तो यही पॉसिबल है आप डी टैक्स से ही कर सकते हैं इसके अंदर का काम नहीं है ये ये है सिर्फ रीड एंड राइड डेटा रीड एंड राइड इसका हम डेटा निकालेंगे दूसरे सी के अंदर डालेंगे तो कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग होने कोई जरूरत नहीं है जो अपना एज एट इज जो ई सी है वो क्लोन हो जाएगा ठीक है वो अपने केटेक के अंदर एक लिमिट रहती है अपने केटेक के अंदर एक लिमिट रहती है वो लिमिट के अंदर ये वाला ई आता है तो रीडेड हो जाएगा और आपको आपको यूज करने का नहीं भी आता है तो भी मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है और आपके पास कोई मान के चलो आपके पास सत्रह से पचपन ईसीएम आया है आप हमें बताएँगे जमीर भाई जो आप, अपने से जो के टैग लिए उनकी बात कर रहा हूँ जमीर भाई मेरा को सत्रह से पचपन ई आया है उसको मुझे क्लोन करना है तो मुझे डायग्राम दीजिए तो हम इसका पूरा हम पी डी बना के रखे हैं पी पूरा हमने इसमें बना के रखे हैं कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगेगा सी एन एफ कहाँ लगेगा बूट पर कहाँ लगेगा और केटेक के अंदर भी बताता है हम केटेक के छोड़ के अपने तरफ से हमारा खुद का एक पी डी बहुत ईजी तरीके से सबसे पहले आप कहाँ पर जाके सेलेक्ट करना है अभी मान के चलो ये महिंद्रा का ई सी एम है तो so, सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है महिंद्रा में जाना है और उसके बाद कहाँ पे जाना है एक्स फाइव हंड्रेड में जाना है और आपको सत्रह सी पचपन सेलेक्ट करना है और उसका फैमिली नंबर है ये सारा कुछ हमने पूरा बारीकी से पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है हेल्प की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पी डी डालेंगे पी में आप देखेंगे भाई देखेंगे बड़े आसान से काम कर सकते हैं ठीक है ये हो गया और दूसरी बात आपको अनबॉक्सिंग करके मैं बता देता हूँ बहुत सारे अपने इतने वीडियो अपने चैनल में पड़े हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं फिर भी अपने जो भाई हैं मैकेनिक भाई जो हैं वो दोबारा बार बार पूछते रहते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज आएंगे इसके अंदर क्या क्या काम होएगा ठीक है ये मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि ये मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज नहीं मानता हूँ उसका पूरा डिटेल्स मैं देना चाहिए ठीक है तो मेरा ऐसा इतना डिटेल्स आपको वीडियो नहीं था इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कोई भी भाई इसका डिटेल्स के लिए कोई भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं बस क्योंकि हर बार एक ही मेटर को लेकर हर बार बार बार बार बार बार बार इनको बताना थोड़ा रिक्सी रहता है क्योंकि अपने को भी थोड़े काम रहते हैं आप देख सकते हैं इतने सारे ई आज आए हैं देखो यार आज इतने सारे ई आए हैं आज इनको रिपेयर करके मुझे भेजना है तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे रहता है ऊपर नीचे रहता है इसकी वजह से मैं आपको आज पूरे वीडियो में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा केट के अंदर एक्सेसरीज क्या क्या आते हैं ये ऐसा एक बॉक्स आता है आपको ठीक है ऐसा वाला आपको एक बॉक्स आता है एक किलो का बॉक्स रहता है वन किलो का बॉक्स रहता है अब इस हम इसको ओपन करेंगे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये वाला एक पैकेट मिलेगा देख सकते हैं ये वाला आपको पैकेट मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा चार्जर ठीक है आपको चार्जर मिलेगा चार्जर मिलेगा दूसरा वाला आपको चार्जर मिलेगा और तीसरा आपको आइटम मिलेगा के मास्टर के मास्टर वर्जन टू यानी ये वन वन क्वालिटी रेड पी के साथ बढ़िया क्वालिटी के साथ ठीक है देख सकते हैं क्या ऐसा वाला आपको हार्डवेयर मिलेगा और तीसरा चौथा आपको मिलेगा एसीडी एस आपके पास सीडी डालने का स्लॉट नहीं है आपके लैपटॉप में तो हम आपको इसका लिंक भी दे देंगे डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अभी ये तो आप देख ही सकते हैं क्या क्या ये क्या काम करता है आपको पूरा डिटेल्स में दिया ही हूँ अभी मैं इसका पैकेट ओपन करके बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे ऐसा कवर आता है कवर आपको हटा देंगे सबसे पहले जो अपना केबल है ये अपनी सबसे पहले केबल आएगी चार्जर तो आप देख ही लिए हैं सबसे पहले आपको केबल आएगी और दूसरा आपको देख सकते हैं ये वाला आपको अडाप्ट आएगा यह हर अलग अलग इसम री डेड करने में काम आएगा तीसरा केबल ये आएगा एक दो तीन चार पाँच छत आठ देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये आठ केबल हो गए आठ के अंदर दो दो केबल रहेंगे सब में आपको दो दो केबल रहेंगे यानी बाई मिस्टेक आपका कोई वायर कट हो जाती है टूट जाती है तो इसके अंदर डबल डबल केबल रहेंगे दो दो केबल रहेंगे सब में आपको दो इसमें भी दो केबल आएंगे, इसके अंदर भी दो केबल आएंगे, इसके अंदर भी दो केबल आएंगे, इसके अंदर भी दो केबल आएंगे, इसके अंदर भी दो केबल आएंगे और इसके अंदर भी दो और इसके अंदर भी दो ठीक है इसके अंदर भी दो आपको केबल आएंगे और आपको ये कुछ अडाप्टर आते हैं ये कोई ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है इतने सारे इतमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा काम जो आती है ये बोली केबल सबसे ज़्यादा काम आती है मैगनेट मैगेटमरेली का इसे फ्रीड एंड रेड करने में और 16 से उनचालीस को हो गया आपका क्रूज़ का हो गया डेल्पी का हो गया ये सारा करने में ये आती है और अपना ये भी डेल्पी का करने के लिए आती है ये अपना 3.7 ऐसा कुछ थोड़े इसमें केबल है वही सबसे ज़्यादा यूज़ कामन में आते हैं और मीडियम में आपको करना है तो मीडियम फ्रेम में आपको करना है तो ये वोली केबल आती है ऐसा है ठीक है इतने सारे आपको केबल मिलेंगे के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज़ आप आपको देख सकते हैं और ये वाली आपको पूरी मास्टर केबल मिलेगी इसके अंदर क्या लो कैन है पॉजिटिव नेगेटिव जी पी टी सी सारा कुछ इसमें आप लगा सकते हैं देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के साथ कोई ख़राब वराब कुछ नहीं होएगा ठीक है आपने आज मंगवा लिया दो दिन तीन दिन के बाद टूट गई ऐसा कुछ नहीं रहता है बट आराम से यूज़ कर सकते हैं मेरा खुद का प्रोग्रामर बताता हूँ कम से कम कम से कम ये मान के चलो तीन साल से यूज़ करवाऊँ कितने साल तीन साल से यूज़ कर रहा हूँ आज तक मेरे को कोई ख़राबी आई नहीं तो बहुत सारे भाई बोलते हैं गारंटी वारंटी कुछ मिलती है क्या क्योंकि मैं खुद तीन साल से यूज़ कर रहा हूँ तो मान के चलो मेरे पास हर रोज़ का काम रहता है हर रोज़ का इसको हर रोज़ मैं ये लेके काम करता हूँ यानी हर रोज़ काम करता हूँ दो ई सी एन तीन ई सी करता ही रहता हूँ तो तीन साल से मैं चला रहा हूँ आज तक कोई दिक्कत नहीं है ये मेरा खुद का पर्सनल यूजिंग था देख सकते हैं पूरा पैकिंग करके रखा था तो तीन साल से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो उसका मतलब यही है जितना आप बचा के काम करेंगे उतना अच्छा रहता है और आपको मिलेगी डाटा केबल ये वन वन क्वालिटी हाँ हो सकता है ये ख़राब हो क्योंकि जब आप यूज़ करते हैं बार बार निकालते हैं डालते हैं तो ये वाली डाटा केबल आपकी ख़राब हो सकती है ये तो आपको मार्केट में मिली जाएगी सौ पचास के अंदर आपको मिल ही जाएगा और चार्जर चार्जर ये दो चीज़ ख़राब हो सकते हैं ठीक है चार्जर भी ख़राब हो सकता है ये वाला भी ख़राब हो सकता है और जितने सारे ये के टैग हो गया ये सब हो गया तो ख़राब होता नहीं है वो भी जाता है तो हम उसका कोई गारंटी वारंटी आती नहीं है मैं तो आपको क्लियर बता देता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको इस डिटेल से कुछ मालूम हुआ होगा क्या क्या इसके अंदर एक्सेसरीज आते हैं मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे पूछ रहे थे बार बार पूछ रहे थे एक ही बंदा बार बार फिरा फिरा के पूछ रहे थे क्या है पता नहीं आ, हर बार वही भाई इसके अंदर क्या क्या आते हैं फोटू भेजें और इसके अंदर क्या क्या काम होता है डिटेल्स बोलो यह ई रीड राइड करने में काम आता है चाहे आप इसके अंदर इमो हाफ करो चाहे आप इसके अंदर स्पीड अनलॉक करो इसके अंदर एक कैपेसिटी रहती है वो कैपेसिटी तक आप इसके अंदर काम कर सकते हैं हाँ मिल जुला के आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा ई करेगा सत्रह और आपका मैगनेट मरे लिए लेटेस्ट वाला भी करेगा होल्ड वाला भी करेगा जो शिफ्ट में लगता है और एंटू वाला भी ई करेगा और सत्रह सी तिरसठ वाला ए नहीं करेगा ठीक है सेवेंटीन सी सिक्सटी वन वाला ई काम नहीं करेगा और आपका ड्यूपाला कौन सा है ये आपका केटीएम का है ठीक है ड्यूपोला ये भी काम करेगा और अपना सोलह सी उनचालीस सोलह सी जीरो आठ सोलह सी जीरो नौ ये सब काम करेगा और अपना बहुत सारे ई काम करते हैं जो मेन मेन जो है अपने मार्केट में जो चलते हैं होल्डे का केपिको का काम करेगा ऑटोमेटिक का भी करेगा मैनुअल भी करेगा आई टेन का भी करेगा और अपना डीजल में मारुति में ले लो पेट्रोल गाड़ी का भी कुछ गाड़ी का काम करेगा सिंगल कपलर का भी काम करेगा डबल कपलर का भी काम करेगा और अपना महिंद्रा सत्रह पचपन भी करेगा सोलह सी भी करेगा और डेल्फी का होंडे डेल्फी की बात करता हूँ थ्री पॉइंट सेवन भी करेगा थ्री पॉइंट फोर भी करेगा वन भी करेगा ठीक है ऐसा तो बोलूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है तो मेरेगा आई ट्वेंटी वो भी काम करेगा जो आठ आता है ज़ीरो आता है टू आता है और अपना ऐसे जो है वो सब काम करते हैं हमें दिखा सकते हैं ये सारे के सारे ई रीड एंड राइट करेंगे ये अपना स्कॉर्पियो नान इमो वाला है ये भी काम करेगा ये वरना वरना में भी लगता है और I20 में भी लगता है I10 में भी लगता है आई आई में भी लगता है यही वाला ई वरना में भी वही वाला ई लगता है ये इमो वाला ये भी रीड रेड हो जाएगा और उसके बाजू आई टेन नान इमो ये भी रीड एंड रेड हो जाएगा और उसके बाजू रीड्स रीट्स शिफ्ट में आता है और अपना शिफ्ट में आता है डिजेर में आती है और टाटा टाटा ये गाड़ियों में भी आते हैं विस्टा में भी आता है लिनिया में भी आता है बहुत सारे गाड़ियों में आता है वो भी अपना रीड हो जाएगा और उसके बाद जो सोलह सौ उनचालीस जेलो में आता है और स्पार्पियो में भी आता है वो भी अपना रीड हो जाएगा और कुछ हैं सारे के सारे हो जाते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करें शेयर करें कमेंट्स करें सब्सक्राइब करें कोई बातचीत में कोई ऊपर नीचे हो गया तो कमेंट्स करें इन हम उसकी कोशिश करेंगे आपको डिटेल से समझाने की